हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग होप सब अच्छे होंगे आज मैं आपको बता रहा हूं सॉफ्टवेयर परचेज कैसे चढ़ाते हैं परचेज एंट्री कैसे करते हैं आइए शुरू करते हैं ये मेरा सॉफ्टवेयर है यहां पर हमें परचेस करने के लिए ऑप्शन मिलता है ट्रांजैक्शन परचेज और बिल या हम ऑल्ट पी वी दवा के बिल की एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर मैंने बिल पे क्लिक करा बिल पे क्लिक करते ही हमारे पास डेट आ जाती है किस डेट में बिल हमारे पास पर्ची चढ़ा रहे हैं अपने यहाँ पे हम यहाँ डेट डालते हैं इसमें पर्ची चढ़ा है हमारी एंटर करेंगे यहाँ पे वो पार्टी आ जाएंगी जिनसे जो हमारी सप्लायर्स हैं सप्लायर्स हैं कि जिसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं मैंने सपोज सेलेक्ट करा एक ही फार्मास्यूटिकल इसको सेलेक्ट करा इसको एंटर कराया यहाँ मैंने ये पूछता है बिल नंबर पार्टी का बिल नंबर बिल नंबर के लिए यहाँ पर हम चढ़ाएंगे बिल नंबर डाल देंगे हर यूनिवर्सिटी एक बिल नंबर होता है वहाँ से इनवॉइस इनवॉइस नंबर नंबर ले ले लेंगे। सपोज करो मैंने ले लिया यहां से, ये पूछ रहा है डेट, डेट, यानी कि बिल की चौदह डेट, डेट हाँ एक में बिल कटा है चौदह जीरो एक डालना इतना ही डालना है कोई डैश नहीं कुछ नहीं कोई नहीं करके आप एंटर कर दीजिए ऑटोमेटिक डेट डालेगा कैश है क्रेडिट है वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हो क्रेडिट ही होता है वैसे तो कैश तो होता नहीं है एंटर जरा एंटर कर दो एंटर कर देंगे यहां पे आइटम पूछ रहा है वो क्या-क्या आइटम उस बिल के अंदर है सबसे पहले मैंने डाली सपोज करो कोई आइटम डाल दी मैंने डाल दी अब जनरल रेगुलर एंटर करा मैंने यहां पे ये यह पूछ रहा है यहां पे यहां मुझसे पूछ रहा है बैच क्या बैच है इस आइटम का मैंने डाल, ए, ए, टू, मैंने डाल दिया ए के एक्सन एक्सपायरी पूछ आप देख सकते हैं मई पच्चीस हो गया एम आर पी मास्टर में तीन सौ बीस डाले तीन सौ बीस उठा लिया यहाँ पे अब आते हैं हम क्वान्टिटी पे कितनी क्वान्टिटी हमने ये मंगाई है मैंने डाल दिया सपोज करो इस पे पचास पत्ते 25 पत्ते एंटर फ्री कुछ है तो हम डाल सकते हैं। बिल पर अगर मेंशन है तो आप डाल सकते हो नहीं तो आप आगे चल सकते हो परचेज रेट बिल पर लिखा हुआ होता है आपके आप वहां से उठा सकते हो डिस्काउंट बिल पर लिखा हुआ अगर है तो आप उठा सकते हो नहीं तो आप जीरो करके आगे बढ़ सकते हो जीरो आएगा उस आगे बढ़ सकते हो डील जो भी आप फ्री में डालोगे तो यहाँ डील में आ जाएगा अगर फ्री सपोज करो आपकी दस पे एक है अब तो 10 पे एक है तो 10 पे 1 आईडी यहां आ जाएगी अब ये 5 पे 1 है तो 5 पे 1 यहां आ जाएगी ये आपका एचएसटीसी जीएसटी लगता है जो आइटम के अंदर पड़ा हुआ है अच्छे संख्या थ्रू उसके या जीएसटी एससी जीएसटी ये होता है एमआरवी अगर इस इस आइटम का एमआरवी चेंज है इस बैच के अंदर पुराना एमआरवी बैच, बैच जो भी रहा हो एमआरवी बैच में एमआरवी जो भी रहा हो अगर नए बैच में एमआरवी चेंज है तो आप यहां चेंज कर सकते हैं 315 325 कुछ भी हो सकता है 325 डाल दे मैंने आपको एंटर करा मैंने यहाँ पे यहाँ पता रेट। रेट मैंने आपको आइटम बताया था कि रेट एबीसी का क्या होता है आप यहाँ से सेलिंग रेट सकते है। मैंने डाल दिया मैंने वन नाइन फाइव एंटर करा ये सेव कर लिया नेक्स्ट आइटम कोई भी है मैंने उठा दिया यहाँ से सपोज करो मैंने कोई आइटम उठा लिया से डॉक्टर ए डाई एस एम टी एम जो उठा लिया मैंने यहाँ से इसका बेस्ट डाला मैंने ए के नाइन सिक्स थ्री टू बेस्ट एक्सपायर डाल दी मैंने इसकी पाँच पच्चीस पच्चीस की नहीं मंगा लिए फ्री में कुछ मंगा मंगा लिया नहीं तो आप आप रेट डाल सकते हैं इसका जो भी रेट है मैं सब कुछ डाल दिया इसका दो सौ भी डाल दिया मैंने इसका ढाई सौ डाल दिया मैंने इसका 225 और 240 और 230 इस तरीके से हम जितने आईटम होंगे बिल के अंदर हम यहाँ पे चढ़ा देंगे सही चढ़ाने के बाद बिल्कुल सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करेंगे जैसे मैंने बताया था अब ये पूछ रहा है आपसे जो आपका यहाँ पे क्वांटिटी है इसमें अगर कोई आप डील सेट करना चाहते हो से, सेल के लिए तो आप सेट कर सकते हो तो यहां से आपकी डील सेट हो जाएगी एंटर करेंगे और यहाँ पे स्केप दबा के अपनी तो वापस आ जाएगी यहाँ येस येस पे यस करेंगे यस पे क्लिक करेंगे हम ओके करेंगे सेव करेंगे Enter, enter, और अब इसमें दो 25, 25 में दो आइटम है। है। हम देखते हैं 25, है खड़े हुए चढ़ गई पैसे इनको देने हैं कि ग्यारह हजार एक सौ चवालीस रुपए ये हमारे इनको देने वाले अब मैं आपको स्टॉक दिखाने दिखाता हूँ तो तो अपने यहाँ का स्टॉक क्या है अस्सी पीस ये मैंने पहले दे रखे थे, थे अब यहाँ पे मैं फिल्टर लगाता हूँ जिससे सिर्फ वही जो मेरे पास हैं मैंने यहाँ पे दबाया फिल्टर लगाने के लिए पच्चीस पीसाए थे पच्चीस ही मंगाए थे सिर्फ वही जाके अवेलेबल स्टॉक है आप अपना परचेज चढ़ा सकते हो बहुत ही ईजी है कोई ज्यादा कठिन नहीं है बहुत ही है आप यहाँ से अपनी बर्सी चढ़ा सकते हो आपको वीडियो समझ में आया अच्छा लगा लाइक करो शेयर करो कमेंट करो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और ऐसी इन्फॉर्मेश वीडियो के लिए धन्यवाद थैंक यू सो तो मच थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू सो तो मच